टीचर ही व्यक्ति को सही से जीवन जीने और संघर्षों से लड़कर जीतना सिखाता है टीचर का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि होता है इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है तो चलिए जानते हैं कि कौन थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों मनाया जाता है उनकी याद में शिक्षक दिवस राधा सर्वपल्ली भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे उसके बाद वे राष्ट्रपति भी बने बचपन से ही इन्हें किताबें पढ़ने का शौक था ये तीव्र बुद्धि के धनी थे स्वामी विवेकानंद से ये खास तौर पर प्रभावित थे ये बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे इन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंस कॉलेज से शिक्षा देना आरंभ किया उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे इसके साथ ही उन्होंने देश के कई विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा दी ये भी एच के कुलपति भी रहे एक में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरतनी ग्राम में हुआ था ये एक ब्राह्मण परिवार जन्मे थे इनके पिता का नाम सर्वपल्ली विरासमिया था राधा कृष्णन भाई और एक बहन थी अपने भाई बहन में दूसरे ये नंबर आरोप थे इनके पिता राजस्व विभाग में थे लेकिन बड़े परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण पूरे परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से होता था जिसकी वजह से इनका बचपन ज्यादा सुख सुविधाओं में नहीं बीता इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है